यहाँ गन्ना के लिए उपयुक्त जलवायु है और गन्ना का उत्पादन यहाँ बहुत अच्छी होगी बस हमें जागरूक होने क्यूँकी गन्ना है नद्डी फसल है किसान जागरूक होंगे तो बहुत अच्छा होगा यहाँ के लोगों का यहाँ गन्ना विकास के लिए यहाँ के लोग तो बहुत उत्सुक हैं सर इसलिए तो इतना जाम से अधिकतर यहाँ के पूरे एग्रीकल्चर हरी क्रांति आ जाए और इसमें सर का सारे पदाधिकारी का जन प्रतिनिधि का पूरा पूरा सहयोग है मेरा भी प्रयास है की कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़े और इस गया जिले को हरित क्रांति को ले जाए नमस्कार जय हिंद बताया जाता है कि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब इस गांव का विकास और गांव में कृषि का विकास ना हो क्योंकि 70 परसेंट गाँव की आबादी इस कृषि पर ही निर्भर होती है और उसके बाद सत्रह परसेंट जी में कृषि का योगदान होता है आज मैं इसी कड़ी में एक ऐसे जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक के साथ साथ यहाँ पे नवनिर्वाचित मुखिया बार्ड सदस्य मौजूद है मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस तरीके का आयोजन से किस तरीके से कृषि में विकास होगा किस तरीके से इस गाँव में विकास होगा किस तरीके से देश में विकास होगा जानना बहुत जरूरी है मैं हर जगह जाकर आपको तरह तरह की खबरें दिखाते रहता हूं ताकि यहाँ की यहां के जनता की यहाँ के लोगों का विकास हो इसी कड़ी में कैसे मौजूद हूँ जो सुहल का गांव बताया जाता है सुहैल गाँव बताया जाता है मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ देख सकते हैं मैं मेरे पीछे यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक मौजूद है साथ में यहाँ के जनता मौजूद है यहाँ पे प्रशिक्षित किसान भी मौजूद है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा जुड़ी आपकी खबर बताऊंगा सबसे पहले सर आपका परिचय मैं डॉक्टर देवेंद्र मंडल हूं कृषि वैज्ञानिक हूं और मानपुर गया से आया हूं कृषि विज्ञान के अंदर से जी आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों को जनता को देखकर कर यहाँ के लोगों को यहाँ के जमीन को देखकर क्या लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो गन्ना जो है गन्ना किस तरीके से यहाँ पे होगी यहाँ गन्ना के लिए उपयुक्त जलवायु है और गन्ना का उत्पादन यहाँ बहुत अच्छी होगी बस हमें जागरूक होने क्योंकि गन्ना है नकदी फसल है किसान जागरूक होंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा यहाँ किसान की जागरूकता के लिए सरकार किस तरीके का किसानों को फायदा दे रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं गन्ना उद्योग के द्वारा वो सब योजना का भी जो हमारे गन्ना विभाग है वो बताएँगे आपको इसकी सारी जानकारी देंगे जी धन्यवाद देखिए कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर बताएं किस तरीके से यहाँ के लोगों को फायदा होगा हमारे साथ प्रशिक्षित किसान भी मौजूद है सबसे पहले आपका पर्च विजय अग्रवाल किसान समूह सुहैल के मैं अध्यक्ष हूं और मेरा प्रयास है कि इस किसान समूह सुहैल के हैसियत से पूरे प्रखंडवासी नहीं पूरे ज़िले के वासी को पूरे एग्रीकल्चर हरित क्रांति आ जाए और इसमें सर का सारे पदाधिकारी का जनप्रतिनिधि का पूरा पूरा सहयोग है मेरा भी प्रयास है कि कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ें और इस गया जिले को हरित क्रांति कोर ले जाए आप इससे जुड़े हुए हैं आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों को कितने दिनों में इसका लाभ मिलेगा मेरा प्रयास है मेरा प्रयास है कि आने वाला तुरंत लाभ मिले मगर तुरंत लाभ मिले में सरकारी को जटिल प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से हम लोग को गुजरना होगा इसके लिए मेरे माननीय मुखिया महोदय हैं ये भी जागरूक हैं मेरे बाढ़ सदस्य भी जागरूक हैं हम लोग सब मिल आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से महीने दो महीने छः महीने हम मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे जी धन्यवाद हम बिहार जैक्शन से बात करने के लिए हमारे साथ मुखिया जी भी मौजूद हैं मुखिया जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों को जागृत किया क्या करना चाहते हैं यहाँ के लोग कितने उत्सुक हैं यहाँ के लोगों को यहाँ जनना विकास के लिए यहाँ के लोग तो बहुत उत्सुक है सर इसलिए तो इतना जाम जेंट्स अधिकतर यहाँ के लेडीज जागरूक है देखिए आप अपने से ही जी देखिये तो आपको क्या लगता है कब तक यहाँ पे लोगों को फायदा मिलेगा जल्द से जल्द हो जाए हमें ही प्रयास में लगे हुए हैं जितना जल्द हो जाए जी धन्यवाद देखिए मुखिया जी बात करने के लिए और भी यहाँ पे जनता भी लोग मौजूद हैं और उनसे लोग बात करूँगा ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर इस तरीके के इस तरीके का आयोजन से समाज में किस तरीके का फायदा होगा हमारे साथ जनता यहाँ के लोग मौजूद हैं सबसे पहले सर आपका नाम हाँ मेरा नाम मेरा नाम मोहम्मद बशीर खान है मैं इसी गाँव का हूँ एक्स पंचायत समिति सदस्य भी हूँ सबसे बड़ी बात है ये बहुत अच्छा यहाँ पर जो विजय अग्रवाल के माध्यम से एक जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है और ख़ास करके यहाँ पे जो है सो गन्ना के क्षेत्र में यहाँ के किसान जो हैं सो बहुत जागरूक हैं और मेहनत करना भी जानते हैं इससे पहले आपके जो है सो एक यहाँ घास का भी जो है किया गया है खेती और उस खेती से लोगों को लाभ मिल रहा है और यहाँ पर ये गांव जो है सोहेल गांव है पहले भी बहुत जागरूकता इस गांव के अंदर के लोगों के अंदर है और ये प्रयास है कि ये गांव नहीं पंचायत स्तर से नहीं प्रखंड स्तर नहीं बल्कि जिला स्तर पर लोग जाने और हम लोग का पूरा प्रयास है कि आगे जितना भी मेहनत हम लोग से हो सकता देखिए इनका साफ राय है कि इस गांव को ये आदर्श गांव बनाना चाहते हैं ताकि कह रहे हैं कि इसके पूरे जो है ज़िला स्तर पे इस गांव का पहचान होते हैं और भी कुछ लोग मौजूद हैं सर आपको क्या लगता है यहां पे गांव के लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं क्या लगता है ये आदर्श गांव बन पाएगा जी हां सर एकदम बन पाएगा मेहनत करेंगे हम लोग और इसमें हम लोग पूरा पूरा सहयोग करेंगे और हमने किया भी है और करेंगे जी देख जी देखिए कह रहे हैं कि करेंगे और हमें लगता है इस तरीके से लगातार यहाँ पे लोग काम करते रहेंगे तो बहुत जल्द ये गांव आदर्श गांव बन सकता है मैं लगातार प्रयास करते रहता हूँ कि हर जगह की खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँ ताकि आपको हर जगह के अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे मेरा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैमरा प्रीतम के साथ मैं प्रकाश अग्रवाल फ्रॉम बिहार जैक्शन जय हिंद